हाय फ्रेंड मैं हूं सनी सिक्रवार आप लोगों के सामने आज मैं आपको एक नया चैनल बना रहा हूं जिसमें आपको ड्रोन के बारे में बखूबी जानकारियां मिलेंगी जैसे मैविक प्रो है फैंटम है उसके बारे में मैं आगे बताऊंगा आज मैं आपको मैविक प्रो के बारे में एक नया मैविक प्रो जब आता है कॉम्बोपैक आता है कहाँ से मिलता है कितनी रेंज है इसका क्या है वो सारी जानकारियाँ मैं दूँगा इससे पहले मैं आपको जानकारी दूँ आपको मेरा चैनल YouTube चैनल सब्सक्राइब करना है और उसके बाद आपको शेयर भी करना है कमेंट भी करना है जो भी आपको जानकारी चाहिए वो मेरे थ्रू आपको मिलेगी आप जो भी चाहते हैं वो बस देखिएगा आगे ये है मैविक प्रो फ्लाई मोर कॉम्बो ये आज आप लोगों के लिए ये मैं दिखा रहा हूँ डी जी की है ये आपके लिए और जब हम को लेके आते हैं मार्केट से इस तरीके से ये पैक आएगा आपका जिसमें आपको Yeah. ये आपका पूरा पैक है जिसमें ये आपके मे वो के लिए है इसमें डायरेक्शन और डिटेल्स आपकी दी हुई है ये आपकी एक बैटरी है दो पॉइंट है इसमें ओके इसके आपके ईट जैसे हम पंख खेल सकते हैं जो ड्रोन में लगाए जाएंगे ये हैं आपके ये आपका चार्जर है जिसमें एक साथ तीन बैटरियाँ लगा सकते हैं सॉरी चार ये आपका इसमें बैर oh, ये है आपका तो ये गिम्बल के आगे आने वाला कवर है सेफ्टी कवर इसे हम साइड में रख देते हैं और ये है आपका ड्रोन हम्म ये आपका मेविक प्रो ये इसमें लॉक लगा हुआ है गिम्बल लॉक ये आपकी ये आपकी केबल हैं जो इसके रिमोट को मोबाइल से कवर करती हैं जिससे मोबाइल में डिस्प्ले आती है ये आपकी एप्पल के मोबाइल में लगने वाली केवल है ये आपकी कुछ एमआई और उसमें लगने वाली केवल है क्योंकि इसका कुछ अलग तरीके का है ये इसके साथ दो बैटरी और ये रखनी है एक ये, ये दो पॉइंट एक ये आपकी है वो इसमें ये तीन बैटरी होगा, ये पूरा पैक है आपका ये है आपका ड्रॉ ये जो है दिल्ली में आपको चांदी चौक से मिल सकता है ये आप देखिए ड्रोन है तीन बैटरी हैं इसका चार्जर है ये मोबाइल है और इसका हाँ रिमोट वो और मैं आपको दिखाता हूँ ये इसके साथ बैग मिलता है ये जो आपका बैग है ये आपका पूरा कॉम्बो है कोम्बो तो हैार्जर इसमें ही आपका रिमोट है मैं दे दिखा रहा हूँ ये आपका रिमोट रखा हुआ है जो मैं निकाल के दिखाता हूँ ये आपका रिमोट है जिससे कि बैटरी का परसेंट दिखा रहा है ये आपके प्रॉपुलर जैसे हम पंखड़ी बोलते हैं ये आपका एक चार्जर है जैसे आप कहीं यात्रा कर रहे हैं और यात्रा करते हुए आप किसी गाड़ी में जा रहे हैं कार में या किसी में भी तो ये आपकी उसमें चार्जिंग हो सकती है अगर आपका बैटरी ख़त्म हो गई हो उस जगह तो ये है आपकी ये आपका है पूरा और इसका पैकेज इस समय करीब सेवेंटी थाउजेंड के आसपास है जो अपने चाँदनी चौक में मिलता है ये सारा सेटअप है ये चीज़ है और मैं इसको आगे आपको बताऊंगा किस तरीके से कहाँ क्या यूज़ किया जाता तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और उसके बाद मैं आपको इसके बारे में काफ़ी नॉलेज मिलेगी काफ़ी जानकारियाँ मिलेंगी वो चीज़ मैं आपको ज़रूर बताऊंगा आजकल जिस प्रकार लोगों में डिमांड है कि वो देखना चाहते हैं ड्रोन क्या है कैसे उड़ता है क्या है उसकी सारी जानकारियाँ मैं आपको दूँगा आप मेरे चैनल को सब सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए उसके बाद आपको ऑटोमेटिकली सारी डिटेल आपको मिलती रहेगी ओके जय हिंद जय जह भारत आज के लिए इतना ही आगे मैं इसके